हज़रत इबनीर रहमत ला फ़रमाते हैं कि एक दरवेज थे हज़रत अबू हाशिम उनका नाम था कहते हैं बड़ी मजबूरी थी मुझे कहीं जाना था तो कश्ती नहीं मिल रही थी अचानक एक कश्ती गुजरने लगी तो मैं भी सवार होने लगा तोल्ला ने मुझसे कहा कि ये एक साहब बैठे हैं बड़े अमीर हैं साथ उनकी कनीज़ है इन्होंने मुझसे बुक कर ली है सारी की सारी किया सालम करा लिया टाँगा वो सारी की सारी बुक कर ली है तो मैं तो किसी को नहीं बिठा सकता तो वो जो साहब बैठे थे बड़े सेठ आदमी थे कहने लगे मियाँ आप किसी और कश्ती में बहुत जो उनकी कनीज़ थी ना वो कहने लगी चेहरे से कोने नेक आदमी लगता है चलो इतनी सवारियों की जगह है किसी कोने खुदरे में बैठ जाएगा हमारा क्या जाएगा कहा चलो आ जाओ इतने में कोने में बैठ गया थोड़ा रास्ता आगे गया उन्होंने खाने का सामान निकाला मुझे भी खिलाया लेकिन खाते खाते मेरी नजर पड़ी तो उसमें तो शराब के बर्तन भी थे माजल। फिर उस शख्स ने खाना खाने के बाद उस कनीज से कहा कि मुझे माज गाना सुनाओ वो गाने गाने लगी ये मेरी तरफ मुतवजह होने लगा मुझे कहने लगा सुनो मैंने कहा मैं ये नहीं सुनता फिर मेरी तरफ शराब भराई मैंने कहा मैं नहीं पीता तो कहने लगा तू क्या सुनता है तू तो तो क्या सुनता है तो कहने लगे मैं सुनाऊ क्या सुनता हूँ कहा सुनाइए फरमाते मैंने कुरने पार पढ़ना शुरू कर दिया कुछ लोग मैं आपको यकीन से कहता हूं कुछ लोग ऐसे हैं इनकी जिंदगी दूर गुजर गई है मस्जिद से उन्हें को बंदा चाहिए जो थोड़ा सा जाके पैगाम हक सुनाए उनको पता ही नहीं है कि दीन मीठा कितना है हसीन कितना है कुरान में चाशनी कितनी है, सरकार की तारीफ का नात खानी का रंग कितना शानदार है मेरा ये मानना है कि जिसे रब रसूल के रंगों की खुशबू का पता चल गया ना पर दुनिया का कोई और रंग उसे अपनी तरफ मायल कर ही नहीं सकता सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ लोगों ने नहीं नहीं नहीं है, आए नहीं है, करीब लोग तो शेख अबू आशम कहते हैं मुझे कहने लगा सुनाओ ना अमीर आदमी था आप कभी इस तरफ गया, गया ही नहीं था ढेरों लोग हैं जो नहीं मस्जिद जाते है अल्लाह फरमाते तुम्हे दौलत की हिरस ने इतना अजीब उलझा दिया कि कबरों तक पहुंच गए तुम बहुत सारे लोग हैं कबर में चले जाते हैं मस्जिद में नहीं आते तो कहते मैंने उसे चांद सुनाई उसकी तो कैफियत ही बदल गई कहने लगा मौलाना जिंदगी बड़ी गुनाहों में गुजरी है अब तौबा कर लो तो मालिक माफ कर देगा कारनामे खतरनाक हैं पीछे रजिस्टर काला स्या माफी हो जाएगी दौलत बड़ी थी तो फिर हमने भी शराब कबाब शुबाब में उड़ा दी सारी माफ कर देगा तो कहते मैंने कहा हो, हो बंदे के आने की देर है उसकी रहमत तो फौरन ही कबूल कर लेती है वैसे भी अदल करें ते थर थर कंबड़ ऊँचियाँ शाना वाले ते फजल करें थे फिर तो बख्शे जामन मेरे जय मुँह काले कहते उसने उस कनीस को आजाद किया दौलत अल्लाह की राम में की चालीस साल मेरे साथ रहा फिर मैंने उसकी जुबान से सिवाय खैर के जुमला नहीं सुना एक की बात करता था कहता था शेख का शाह मुझे थोड़ा पहले मिल जाते। जिंदगी से यह गिला है कि तू जरा देर से मिला है पहले मिल जाते ना तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और दिन बन जाते थोड़ी देर अल्लाह वाले की सोबत आप फरमाते हैं, फिर वो चालीस साल के बाद मेरे सामने इंतकाल हुआ मैंने ही दफन किया मैंने ही कब्र में उतारा जनाजे का अहतमाम भी मैंने ही किया मेरा यार था दिल लग गया था प्यार हो गया मैं परेशान रहता एक दिन ख्वाब में मिलके के मुझे कहने लगा फिकर न कर मैंने अपने रब को बड़ा ही मेहरबान पाया है मैंने उसे बड़ा करीम पाया है माफ़ करने वाला पाया है दर करने वाला पाया है उसने फजल फरमा दिया मेरे गुनाहों पर उसके अफू और दरगुजर का कलम चल गया है और मेरे हक़ में जो फैसला आया है वो रहमत वाला ही आया है फजल वाला ही फैसला आया है